परासिया में विशाल चुंदरी यात्रा निकालकर अपने नए साल की शुरुआत की गई जिसका लोगों ने जगह जगह स्वागत किया विशाल चुंदरी यात्रा हिंगलाज माता मंदिर तक निकाली गई जिसमें बच्चे बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हुई इस यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए और एकता की मिसाल पेश की परासिया के देवरानीदाई गाँव के हजारों लोगों ने विशाल चुंदरी यात्रा निकालकर नया वर्ष मनाया और हिंगलाज मंदिर तक बच्चे बुजुर्ग व महिलाएं चुंदरी लेकर निकले इस दौरान चुंदरी यात्रा में भगवा झंडे के साथ राष्ट्रीय ध्वज भी निकाला गया जिसमें हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी निकले और एकता की मिसाल पेश की इस चुंदरी यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया वहीं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रहीस खान ने अपनी कंपनी के सामने यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया और पैदल चलने वालों को नाश्ता पानी भी कराया उन्होंने हिंगलाज वाली माता रानी से प्रार्थना कर और शहर व देश के लोग स्वस्थ रहे सुरक्षित रहने और कोरोना जैसी महामारी ऐसी देश को बचाने की कामना की ओर ऐसी शुभकामनाएं प्रसित करता हूँ और आज जो चुनरी यात्रा विशाल चुनरी यात्रा आपने देखी ये माँ भगवती की जगह से मेरी कर्मभूमि दीघा वाणी से माँ इंग्लाज मंदिर में चुंदी यात्रा जाएगी और चुनरी चढ़ेगी मैं समस्त हमारे साथियों का और जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर जलपान ग्रहण किया और मैं ईश्वर से कामना करता